साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बात करते ही दिमाग में एक्शन फिल्मों के सीन आना शुरू हो जाते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि हम अचानक ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भैया ये साउथ सिनेमा ही एकमात्र ऐसा सिनेमा है जहां एक्शन का प्रयोग भरपूर मात्रा में होता है और यही वजह है कि साउथ की ज्यादातर फिल्में सुपरहिट हो जाती हैं बीते दो वर्ष पहले आई पुष्पा द राइज फिल्म ने आते ही अपने एक्शन और डायलॉग से सबका मन मोह लिया था और फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई लोगों को पुष्पा फिल्म के हीरो अल्लू अर्जुन की एक्टिंग तो इतनी पसंद आई कि फिल्म आने से पहले ही उसके गाने पर रील्स बनना इंस्टाग्राम पे शुरू हो गई थी पुष्पा फिल्म आने के बाद लोगों को पुष्पा टू का बेसब्री से इंतजार था लेकिन अब लोगों का यह इंतजार जो है वो थोड़ा खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि हाल ही में पुष्पा टू फिल्म का टीजर सोशल मीडिया पर आया और आते ही टीजर ने धूम मचा दी टी सीरीज पर एक दिन पहले डाले गए इस टीजर को अब तक तीस मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं जिससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पुष्पा द रूल फिल्म को भी लोगों से बहुत प्यार मिलेगा और पुष्पा द रूल फिल्म पुष्पा वन से ज्यादा का बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखा सकती है अब हम आपको बताते हैं कि पुष्पा द रूल यानी कि पुष्पा टू फिल्म के टीजर में क्या कुछ खास है अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द रूल अपने ऐलान के समय से ही सुर्खियों में बनी हुई थी इस पैन इंडिया मूवी का धमाकेदार टीजर बीते दिन आउट हुआ और जिसमें अल्लू अर्जुन फ्लावर के बजाय फायर वाले लुक में धमाल मचाते हुए नजर आए फिल्म सात अप्रैल को अल्लू अर्जुन के जन्मदिन से एक दिन पहले पुष्पा टू का टीजर आउट हुआ सुकुमार की इस मोस्ट अवेटेड पैन इंडिया एक्शन ड्रामा फिल्म पुष्पा द रूल का टीजर पुष्पा कहां है कि टाइटल के साथ शुरू होता है टीजर की शुरुआत में नजर आया कि हर जगह पुष्पा की तलाश की जा रही है इतना ही नहीं वीडियो को देखकर यह साफ हो गया कि पुष्पा दरूल में अल्लू अर्जुन का अलग और डबल रोमांचित करने वाला किरदार हमें देखने को मिलने वाला है मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पुष्पा दरूल में दर्शकों को काफी कुछ नया देखने को मिल सकता है पहले पार्ट में पुष्पा ने शेखावत को धमकी दी थी कि शरीर पर वर्दी तो होगी लेकिन उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा उसकी कोई नहीं सुनेगा वहीं इसके दूसरे पार्ट में कहानी को आगे बढ़ाया जा रहा है जिसमें देखने को मिलेगा कि गांव वालों का भला करने वाले पुष्पा को पुलिस के जरिए जेल में डाले जाने और फिर उस पर गोलियां बरसाए जाने पर खूब बवाल मचेगा पूरा गांव पुलिस प्रशासन के खिलाफ खड़ा हो जाएगा और फिर पुष्पा के लिए मोर्चा खोला जाएगा और चारों तरफ दंगे ही दंगे बता कि पुष्पा द रूल में भी अल्लू अर्जुन की रश्मिका मंदाना के संग जोड़ी जमने वाली है दूसरे पार्ट में श्रीवल्ली एक बच्चे की मां बनेगी तो इतना ही नहीं पुष्पा अपने दम पर एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर लेगा जिसके बाद चारों ओर उसके नाम की तूती बोलेगी वहीं जॉली रेड्डी जो पहले पार्ट में लगभग मौत के मुंह में पहुंच गया था पूरी फुर्ती के साथ वापसी करेगा इस मूवी की इस मूवी में शीनू की पत्नी अनुसुईया भारद्वाज भी अपना दमखम दिखाएंगी तो आपने पुष्पा द रूल फिल्म का टीजर देखा या नहीं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर टीजर आपने देखा है तो आपको उसमें क्या अच्छा क्या बुरा लगा यह भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए घंटा वाला बटन दबा दीजिए क्योंकि इसी तरह के धमाकेदार वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं जय हिंद